आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज नेचुरल ट्रीजर में आपका स्वागत है साथियों आज हम लेमन ग्रास के बारे में आपको बताएंगे। सिम्बोपोग फ्लेक्सीोस ग्रेमिनी फैमिली का ये प्लांट है ग्रीन टी के रूप में आपने ज़रूर इसको यूज़ किया होगा या फिर सुना होगा दैनिक जीवन में हम लोग ग्रीन टी बनाकर इसके पत् का सेवन करते हैं क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए गुणकारी हो सकता है और क्या सावधानियाँ हमें इसके उपयोग करते समय रखनी चाहिए आज इसी की चर्चा करेंगे मित्रों गुणों की चर्चा करना आवश्यक है लेकिन गुणों के साथ साथ हमें सावधानियां अगर पता हो तो बहुत अच्छा रहता है साथ ही इसके पत्र का उपयोग आप लोग बुखार के निराकरण के लिए करते हैं बुखार को दूर करने के लिए इसके पत्र थर्मोजेनिक होते हैं शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं और ऊर्जा पैदा करने के बाद हमें पसीने आते हैं और परस्परेशन के माध्यम से हमारे टॉक्सेंस बॉडी से बाहर हो जाते हैं स्किन के माध्यम से निकल जाते हैं तो परस्परेशन को इंड्यूस करने वाला यानी कि पसीने को लाने वाला ये इसका डिकॉक्शन होता है आप इसके दो पत्र का ये जो आप देख रहे हैं पूरा एक पत्र लेकर इसका काढ़ा बनाकर सेवन करेंगे तो पसीने के माध्यम से टॉक्शन को बाहर निकालता है लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है मित्रों ये डायूरेटिक का कार्य भी करता है डायूरिटिक का मतलब होता है पेशाब को लाने वाला और मूत्रल इसको मूत्रल भी कहते हैं तो टॉक्सेंस को रिमूव करता है स्किन के माध्यम से और पेशाब करने के माध्यम से लीवर और किडनी दोनों का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया फीवर के लिए साथियों मूलतः मलेरिया के फीवर के निराकरण के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है और उत्तराखंड में कैप शैला में एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का संस्थान है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स किसानों को कमर्शियल कल्टीवेशन भी करवाया जा रहा है और उनको कल्टीवेशन करने के लिए प्रमोट भी किया जा रहा है ज़्यादा रिसोर्सिस की आवश्यकता नहीं होती है इसके प्रोपेगेशन करने के लिए मित्रों इसके नीचे स्लिप्स पाई जाती हैं और इन्हीं स्लिप्स के माध्यम से जब आप निकालेंगे तो इसका प्रोपेगेशन हो जाता है ये छोटी छोटी आप देख रहे हैं ये स्लिप्स निकाल लेते हैं और इन्हीं से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है इन्फ्लोरेशनस की अवस्था में आप इसको देख पा रहे हैं का मतलब ये फ्लावरिंग स्टेज है और इनसे जो गिरने वाले बीज हैं इनसे भी ये हो जाता है ज़्यादा इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कमर्शल कल्टिवेशन उत्तराखंड के फार्मर्स लार्ज स्केल पे इसका कर रहे हैं और इससे असेंशल ऑइल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस असेंशल ऑइल का इस्तेमाल हम लोग इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए कमर का दर्द हो तो वहाँ पर हम उसको मसाज कर देते हैं ज्वाइंट पेन हो उसको दूर करता है सोरेसिस की संबंधित समस्याएं हों फंगल डिसडर्स हों उनको भी दूर करने का ही कार्य करता है मित्रों अगर डाइजेशन से संबंधित समस्याएं हैं अपच की समस्या है या फ्लैटुलेंस की समस्या है पेट में अफारा हो गया है तो दो से तीन ड्रॉप इसके असेंशल ऑयल की आप लूकॉम वाटर में एक कप लूकॉम वाटर ले लीजिए खुनकुना वा� पानी और उसके अंदर दो से तीन ड्रॉप इसके तेल की डाल दीजिए और इस प्रकार से यह एरोमेटिक वाटर का कार्य करेगा पेट के डाइजेशन को अच्छा करेगा और गैस अगर बन रही हो तो उससे भी ये हमें निराकरण करते हुए हमें निजात दिलाता है गैस की समस्या को दूर करता है साथियों ये इमिनागोग भी होता है इमिनागोग का तो मतलब है ये फीमेल हॉर्मोन्स को हमारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने वाला होता है इसका अगर ज़्यादा मात्रा में आप सेवन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारे हारमोन्स को रेगुलेट करता है मैंस्ट्रोल फ्लो को ये बढ़ा देता है इसका आप ध्यान रखिए साथियों इसके अंदर पाए जाने वाले मित्रों मैंसिस के समय सिम्बोपोगान की जो ग्रीन टी आप पीते हैं उसका सेवन ना करें उस दौरान अगर आप इसका सेवन करते हैं तो एक्सेस मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और आपको समस्या भी हो सकती है आपका एनीमिक आप हो सकते हैं इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों इसके अलावा एक सावधानी और हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर विटमिन ए विटामिन बी जिंक सेलेनियम इत्यादि माइक्रो मैक्रो मिनरल्स और विटमिनस पाए जाते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि कमर्शियली हम लोग बीटा आयोनिन इससे एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है और बीटा आयोनिन से विटामिन ए की सिरप तैयार की जाती है धारणा होती है कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं आप इनको ले सकते हैं अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ऐसा नहीं है प्लांट्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं मित्रों प्लांट्स को भी लेने का एक तरीका होता है रेशनली आप इसको उपयोग में लाइए तो ये आपको फ़ायदा करेंगे अन्यथा ये भी नुकसान कर सकते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए जैसे कि मैंने आपका एक एग्ज़ाम्पल लिया है तो बीटा आयोनिन इसके लीव से हम लोग एक्सट्रेक्ट करते हैं और बाद में उसी से विटमिन ए की सिरप बनाई जाती है लेकिन अगर आप लेमन ग्रास की टी का ग्रीन टी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये फीडबैक इनिबीशन के माध्यम से आपकी आँखों की रोशनी को प्रभावित करेगा आपकी जो विजन है वो कम हो जाएगा आँखों की रोशनी आपकी कम हो जाएगी मित्रों लेमन ग्रास टी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग तो लेमन ग्रास टी अगर आप पी रहे हैं और ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसको ले रहे हैं तो दो सावधानी आपको रखनी पड़ेंगी एक तो ये एक्स-एक्स मात्रा में मैस्ट्रोल को बढ़ा देता है और दूसरा अगर ज़्यादा मात्रा में आप सेवन कर रहे हैं तो आपके विजन को आपकी आंखों की रोशनी को ये प्रभावित करेगा इस बात का आप ध्यान रखिए सावधानी के साथ आप इसका सेवन कीजिए एंटीऑक्सीडेंट और पोलिफिनिक कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं आपकी स्किन केयर के लिए उपयोगी हैं डायरिया डिसेंट्री की समस्या हो उसके लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं वॉमिटिंग की समस्या हो वॉमिटिंग हो रही हो उल्टी हो रही हो तो उसके केस में भी आप दो से तीन ड्रॉप इसके एक्सट्रैक्ट की आप लूकॉम वाटर में डाल के सेवन कीजिए वोमिटिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है अगर आपके पास असंशुल ऑयल नहीं है तो आप इसके दो पत्र लेकर उसका डिकॉक्शन बनाकर सेवन कीजिए आप देखेंगे कि चमत्कारी तरीके से वोमिटिंग भी रुक जाती है डायरिया डिसेंट्री की समस्या हो वो भी दूर हो जाती है फ्लैटुलेंस की समस्या हो वो भी दूर हो जाती है ओबीसीटी की समस्या को भी ये दूर करता है पसीने के माध्यम से हमारे टॉक्सेंस को बॉडी से बाहर निकालता है लीवर और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन का ये कार्य करता है मित्रों मेडिसिनल प्लांट हाईली पोटेंट है आपकी हेल्थ के लिए बेहद आवश्यक है लेकिन सावधानियों के साथ जानकारी को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार कल फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद बेलाइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नित्य प्रति आने वाले प्लांट का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे प्रणाम नमस्कार